तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेल में रोमन नंबर लिखने के लिए बहुत दिक्कत होता है ठीक है जैसे कि हमने कुछ नंबर लिखा मुझे इसको रोमन नंबर में चाहिए जैसे ट्वेल्व लिखा है, और न, और तो है, रोमन रोमन है तो रोमन नंबर ये होगा ना एक्स और ए होगा क्या जी। तो एक सिंपल फॉर्मूला है रोमन का रोमन का फॉर्मूला लगाते हैं तो रोमन नंबर में कन्वर्ट कर देते कभी आपको रोमन नंबर से वापस नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है अरेबिक का अरेबिक फॉर्मूला रोमन नंबर से कन्वर्ट करता है वापस नॉर्मल नंबर तो अरेबिक रोमन नंबर अरेबिक रोमन नंबर से रोमन नंबर तुमने तो कन्वर्ट करता है अरेबिक टू रोमन एंड अरेबिक रोमन टू अरेबिक